जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे सुन मेरी डार्लिंग जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे प्यार मेरा सच्चा है प्यार तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे